हमारी 28 28 अगस्त अगस्त। की कौन सा बैच है आपका? सबसे पहले इनका जो हार्डवेयर और और सॉफ्टवेयर का फुल कोर्स अट्ठाईस तो अगर हम की बात करें, तो अगर किसी भी अगर यहाँ पेमसंग में जो है अगर जो छोटी सी बात बताइए तो बता yes, yes, yes, yes, yes, चलिए मैं यहाँ पे कुछ लोगों से पूछता हूँ और क्या सीखे क्या नहीं सीखे तो सबसे पहले आप ही खड़े हो जाएगी अपना नाम और कहां से हैं आप राजेश गोरखपुर राजेश राजेश जी आप हमें यह बताइए कि इससे पहले आप सॉफ्टवेयर करते थे जी। कितने सालों से करते थे दो और साल, साल का वो दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। का का बहुत अच्छा सा। बहुत अच्छे में क्या मतलब आपको क्या ऐसा लगा जो हम फंस रहे थे या फिर जैसे आईफोन का हुआ बहुत अच्छा हुआ आई फोन की फ्लैशिंग कितनी आई आईफोन की फ्लैशिंग कितना टफ है बहुत ज्यादा टफ है बहुत ये आपने लाइव देखा है और और उसके बाद जो एफ आर था वो बहुत लाजवाब लगा एफ की एफ कितने सेकंड में है सच बताना One One second. Second. सही बात है ऐसा yes, तो नहीं झूठ बोल रहे हैं आप नहीं सर ये आपने देखा एक सेकंड में yes, मतलब जितना इंटर दबाने में टाइम लगा है उतना ही टाइम में एफ हटाने में लगा और क्या बोलना चाहेंगे जो पहले से काम कर रहे हैं उनको अपडेट के लिए आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आना चाहिए सर क्यूँ आना चाहिए क्यूँकी यहाँ बहुत कुछ दो ये तो हम लोग तीन साल में नहीं पाए चार दिन बता रहे हैं। चार दिन में आपका हो गया तो चलिए थैंक यू सो मच अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और है। अपना नाम और कहाँ से, हैं बापी सर, से आप बापी ही झारखंड से हो आप झारखंड से हैं आप पहले से काम करते थे या नहीं करते थे नहीं सॉफ्टवेयर कर का काम नहीं करते थे तो अभी आपको क्या लग रहा है इतना दिन से दूसरे को पैसा दे रहा था दे रहा था सोफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर इजी लग रहा है और एक एक चीज अगर यहाँ पे जाने के बाद अगर आप फंसते हैं तो कौन सा देगा नोट नोट्स सर आपके नोट्स दिखाइए ये क्या है इसकी वैल्यू कितनी नहीं है बहुत सर वैल्यू है ये चार दिन का मेहनत मतलब दिन का मेहनत एक पेज में सारा चीज़ समझ में आ रहा है यस सर यस सर क्या बोलना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं की जो यूट्यूब देख के काम कर रहे हैं गुजार रहे हैं वो बेकार है वो आए आपका क्या चार दिन में पूरा सॉफ्टवेयर का कोर्स हो जाएगा वो एकदम आराम से काम कर सकते आराम से काम कर सकते सोच के आए थे वो आपको मिला की नहीं मिला कब मिला सर उससे डबल मिला है थैंक यू अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं अपना नाम और कहाँ से मैं संतोष कुमार वाधा से संतोष जी आप हमें ये बताइए आप इससे पहले काम करते थे या नहीं करते सर हार्डवेयर करते थे सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं जानते थे अभी आपको कैसा लग रहा है कि आप सॉफ्टवेयर कर पाएंगे या नहीं पाएंगे? कर पाएंगे कर लूंगा फाइलों का नॉलेज हुआ टूल का नॉलेज हुआ सेटअप को कैसे चलाते हैं कैसे इंस्टॉल करते है सारा चीज कर लेंगे आप क्या बोलना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए जो आना चाहे बहुत अच्छी तरह आ सकता है अब आप जो सोच के आए थे वो आपको मिला की नहीं मिला उससे डबल मिला सर उससे डबल मिला है और ये आपको सारा चीज डाटा में लिखवाया गया कि नहीं लिखवाया गया लिखवाया गया सर ये सर आप देख पे पे हर डे डे की क्लास है पे ये जो कि आपको तो शायद समझ में ना आए पर जब आएंगे तो बैनरी कितने मिनट का फाइंड आउट में सकते हैं चलिए आप दे सकते हैं तो चलिए हमारे साथ खड़े हो जाइए तो आप बताइए आपका नाम और कहां से हो कहाज बताइए फैसला लिया है बहुत आगे जाए क्यूकी कई सारे स्टूडेंट है जो काफी लॉन्ग टाइम से भी काम कर रहे हैं तो इससे पहले आप काम करते थे सॉफ्टवेयर में नहीं करते थे अभी आपको कैसा लग रहा है सॉफ्टवेयर में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे कर पाएंगे कितने दिन आपने खुद किया मैंने किया अच्छा जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है क्या मैं के चलाता हूँ सारे आप हो गए आप हो गए और सारे स्टूडेंट यहाँ पे लाइव काम करते हैं तो ओवरऑल जो आपको देख रहा है कहाँ से वैसे आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश से उधर देखिए जो आपको देख रहा है तो क्या बोलना चाहेंगे वो सॉफ्टवेयर के लिए हार्डवेयर के लिए आना चाहिए नहीं आना चाहिए बिल्कुल आ सकते हैं, हैं। बिल्कुल आ सकते हार्डवेयर आपने जो सीखा वो प्रॉपर आपको सॉफ्टवेयर जो थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहा से है हाँ? आप हमें ये बताइए की इससे पहले आप सॉफ्टवेयर का काम करते थे नहीं सर तो पढ़ाई करते पढ़ाई करते थे आप सडनली आपने क्या सोचा की चलो इस फील्ड में चल हैं सर मैंने यूट्यूब देखा तो काम भी, करता था भी तो अच्छा काम भी करते थे आप दो चार दस दिन मुझे बात समझ समझे हार्डवेयर का काम करते थे आप सॉफ्टवेयर आप जो पे यहाँ पे आए कि सॉफ्टवेयर सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे तो कैसा लग रहा है तो सीखे सर सीख, सीख पाएंगे आपने यहाँ पे बैठ कर प्रैक्टिकल करने को मिला है और आप जो फ्रेशर है तो आप क्या बोलना चाहिए फ्रेशर स्टूडेंट की जाता आप सीख पाए की नहीं जी मैं सीख पाया चलिए थैंक यू हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से आप समी से झारखंड आप झारखंड से है तो आप ये बताइए इससे पहले आप काम करते थे या नहीं करते थे काम ओनली हार्डवेयर ओनली हार्डवेयर करते थे तो ऐसा लगा कि सॉफ्टवेयर भी सीखना चाहिए हमें बहुत जरूरी है सब, जरूरी है तो हार्डवेयर का हमारा जो ये फील्ड है मैं आपको तो एक चीज बताना चाहता हूँ आपका हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो एमसी हो ये तीनों चीजों का पता होना चाहिए क्योंकि एक फोन जरूरी नहीं कि वो हार्डवेयर से डेड हो सॉफ्टवेयर से डेड होमसी से डेड हो तो ये फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए तो अब आप एज अ फ्रेशर थे अब आप, आप फ्रेशर है की अभी भी फ्रेशर अभी फ्रेशर नहीं है फ्रेशर नहीं है अगर आपको किसी की अनलॉकिंग और फ्लैशिंग दी जाए कर पाएंगे फाइलों का नॉलेज कर लेंगे अगर आपसे हम पूछे की मीडिया में कौन सी फाइल आती है तो बता नहीं आते स्कैटर स्कैटर आती है और ऐसी जितने भी सीपीयू वाइज है यहां पे कोई मॉडल वाइज या ब्रांड वाइज सिखाया गया क्या मॉडल से तो मतलब ही नहीं है सर सीपीयू पे जानना है सीपीयू क्योंकि हर एक फोन में सीपीयू होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहां पे काम सिखाया जाता है आप सीख पाए यहां पे यस यह सर चलिए थैंक यू सो मच क्यों क्यों मेरे को डाटा सेट ही है सर कहीं भूल भी जाओ तो ये डाटा सेट मेरा 5 साल बाद भी काम करेगा ये देखिए ये डाटा आपके पास है सारा ये सबके पास एवरीवन बनाएगा कि केवल आपको सब को सब को थैंक यू सबने अपने हाथों से बनाया चलिए हमारे साथस्थान से, से।, से, से, से, से, से तो कोई ही नहीं था पहले करते ही नहीं थे अभी आपको कैसा लग रहा है इससे पहले जब हम हार्डवेयर ही करते थे तो हमारे पास ऐसी बात सॉफ्टवेयर के भी फोन आते थे जी लेकिन जब हम जहाँ पे करवाते तो वो जो कंप्यूटर में बहुत सी बार देखते फाइलें इधर से उधर उधर से तो चक्कर आते थे इतनी सारी फैल में पता किससे चलेगी कौन सी डालनी है क्या डालना है लेकिन अभी जो ट्रिक्स से बताया चार दिन के अंदर वो इतना हल्का हो गया है कि लगता है कि बिल्कुल इजी गोइंग कर सकते हो मतलब ज्यादा हार्ड तो नहीं लगा सॉफ्टवेयर चार दिन में सिखा दिए कंप्लीट कर दिए कुछ भी समझ में नहीं बहुत ईजी मतलब मुझे लगता है कि शायद तक इससे ज्यादा इजी कोई चीज नहीं हो सकती सब नहीं हो सकता, सकता। ये आपको प्रैक्टिकल देखने को मिला की बस थ्यूरी बेसिस पे नहीं प्रैक्टिकल हुआ ना सारा चार दिन में प्रैक्टिकल हुआ सारा प्रैक्टिकल हर एक फोन का ला करके यहाँ पे सारी फ्लैशिंग और वॉकिंग सारा सबसे बड़ी बात तो ये आईफोन जो सबसे महंगा फोन है उसके तो चुटकी बचते होता है चुटकी फ्लैशिंग हो जाएगी और क्या बोलना ने जो राजस्थान से आपको देख रहे हैं मैं तो राजस्थान के अलावा भी जितने भी लोग दे, जो देख रहे हैं वो अगर रियलिटी अगर देखना चाहते हैं तो रियलिटी तो यहाँ देखने को मिलेगी वीडियो कुछ भी हो सकता है मिलेगा क्यूँकी अभी आपका इम तो बचा ही बचा हुआ है आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अभी किया है अभी तो आपका पूरा इम बचा हुआ है तो भी बहुत कुछ मिलने वाला है थैंक यू हमारे साथ स्टूडेंट और अपना नाम और कहाँ से दानिस आप यूपी से हैं तो आप में दानिस ये कि आप पहले काम करते थे सॉफ्टवेयर पे नहीं सर हार्डवेयर हार्डवेयर करते थे सॉफ्टवेयर नहीं करते थे तो सॉफ्टवेयर अभी आपको कैसा लग रहा है कुछ भी प्लेस हो अनलॉक हो वो आप कर पाएंगे इजिली ये आपको समझ में आया की शौप्रें नहीं आया प्रैक्टिकल सर प्रैक्टिकल भी चलिए थैंक यू सो मच अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहां से हैं आप नरेंद्र सिंह राजस्थान से राजस्थान से आए हैं तो आप हमें ये बताइए आप इससे सॉफ्टवेयर में पहले आप काम करते थे या नहीं करते नहीं करते थे सॉफ्टवेयर भी नहीं करते थे अभी आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे सॉफ्टवेयर पूरा कर लेंगे सॉफ्टवेयर आप कर लेंगे अगर क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत सारे काम है पर यहाँ पो मेन कंसेप्ट है फ्लैशिंग और अनलॉकिंग का तो फ्लैशिंग अगर किसी फोन का फ्लैश करना है तो एमए पकड़ लिया फ्लैश कर दिया ऐसा होता है क्या नहीं सर सबसे पहले उसको सीपी वाइज करेंगे उसको सीपी जानेंगे स्टेप कितने सॉफ्टवेयर के पांच स्टेप उसमें डन हो जाएगा पाँच डन हो जाएगा no ये आपने प्रैक्टिकल देखा है कि नहीं देखा है बिल्कुल नहीं। में करते हैं। साथ में पे जाने बाद और करना भी प्रैक्टिस करते हैं और बार बार जितनी बार आप पूछते हो आपको उसका सोल्यूशन मिलता है तो क्या बोलना चाहेंगे अपनी लाइफ बनाइए चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और तो आप देख सकते हैं अपना अपना नाम और बताइए बस आपसे है फाइलों का नॉलेज जो भी ऐसा कुछ हुआ सॉफ्टवेयर में कि नहीं थे मिला ज्यादा टफ तो नहीं लगा नहीं नहीं चलिए थैंक यू हमारे साथ एक स्टूडेंट और क्या नाम है सलमान खान सलमान खान जैसा कि आप इनको हर एक वीडियो में आप देख रहे हैं लाइव देख रहे हैं, लाइव इनका आप हार्डवेयर देख रहे हैं सब कुछ यहां पे लाइव आप देख रहे हो तो सलमान जी आप ये बताइए कि आप कितने सालों से काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे काम तो मैं सर बारह बारह सालों से कर रहा हूँ बारह साल से हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर सर पांच साल से पांच साल से आप सॉफ्टवेयर कर रहे थे छोटा सा सफर पांच दिन का एक्सपीरियंस और चार दिन का पूरे पांच साल में जितना नॉलेज मिला है मेरे को इन पाँच दिनों में इन चार दिनों में आपको मिल गया यहाँ पे तो एक बात बताइए जैसे आप काम करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ नया मिला या नहीं मिला हाँ सर बिल्कुल हर चीज नई तो मिल रही है नई मिल रही है यही की, की खास बात यहाँ की खास बात वही है कि हर चीज नया ही मिल रहा है नया मिल रहा है और जो एज अ फ्रेशर स्टूडेंट है जैसे आप पहले से काम कर चुके हो जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनको ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा टफ है नहीं नहीं नहीं सर एकदम ईजी यहाँ का जो समझाने का तरीका है वो एकदम ईजी सर ईजी मतलब जो फ्रेशर स्टूडेंट उनको समझ में आता है आपके हिसाब से बिल्कुल आता है सर में तो रहता ही हूँ फ्रेशर मेरे साथ में अच्छा। पूरी टीम में सर प्रेशर ही है।, है तो उनका क्या आपको निकलता आउटपुट कैसा बोलते हैं? अच्छा आउटपुट मतलब काफी चीजें समझ जाते हैं समझ मेहनत है। प्रैक्टिस, करना पड़ेगा, करना प्रैक्टिस पड़ेगा तो, इनको तो पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को करना ही पड़ेगा क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं होगा तो ओवरऑल जो आप बताइए जो एक्सपीरियंस है जो काम कर रहे हैं उनको अपडेट होने के लिए आना चाहिए और बाईपास में कुछ नया मिला बहुत कुछ नया मिला सर जो कोई सोच भी नहीं सकते मिला की नहीं मिला प्रैक्टिस थैंक यू सो मच तो चलिए हम इधर आते हैं हमारे साथ एक्स्टोरेंट और हैं अपना नाम और कहाँ से आप कैसे बिकाजी hmm. आप बताइए आप पहले से फील्ड में काम करते थे सॉफ्टवेयर में नहीं सॉफ्टवेयर करना नहीं आता है हार्डवेयर में मतलब चार्जिंग सॉकेट वगैरह ये सब करना है <laughs> हार्डवेयर करते थे आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमी तीनों कोर्स आपने ज्वाइन किया हुआ है hmm. तो अभी आपको सॉफ्टवेयर में कैसा लग रहा है आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बहुत टफ तरीके से पढ़ा है चार्ज में काफी कुछ सीखने को मिला बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो आदमी कुछ भी कर सकता है पहले सॉफ्टे जो हाथ में लिए हुए क्या चीज है ये ये मतलब पूरा मतलब चार यूमार सॉफ्टवेयर मतलब जो है सीपी यू बाद फाइल ड्राइवर कौन सा यूज करना है टूल्स कौन सा यूज करना ये चीज का पहले जानकारी नहीं। नहीं नहीं, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं नहीं नहीं थी लेकिन बहुत बहुत कुछ कुछ रहा है अब आप आप खुद से लग सीख सीख एकदम मिला चलिए आइए तो हमारे साथ अशरफ अली यूपी उत्तर प्रदेश अच्छा आप पहले ये बात बताइए कि काम कर रहे थे दस सालों से आप काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर भी कर रहे थे सर, हार्डवेयर भी नहीं, खाली अच्छा ओनली आप सॉफ्टवेयर कर रहे थे तो आप हमें ये बताइए कि ये दस साल का एक्सपीरियंस और ये चार दिन का एक्सपीरियंस फ्रेशर के लिए बहुत कम समय में बहुत जानकारी मिली है तो बहुत कम समय में आपको कुछ नया मिला क्योंकि आप 10 सालों का से, का से काम कर रहे हैं फील्ड में जो पूरे इंटरनेट या तो YouTube में ढूंढने से नहीं मिले वो बाईपास का तरीका हमें मिला बाईपास का तरीका मिला दो है।, दो है और एज अ फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनको उनको क्या वे मिला सही वे मिला कि नहीं मिला बहुत सरल भाषा बोलेंगे कि जो हमने दो साल तीन सालों में प्रॉब्लम नहीं समझी कि इसका सोल्यूशन क्या होता है उन्हें दो दो मिनट लगे होंगे अप्रॉक्स दो मिनट बैनरे रज सबसे चारे बड़ा चारे मसला होता, कुछ, कुछ, होता है अच्छा जो यहाँ पर पढ़ाने का चारे तो तरीका कैसा बहुत इजी वे मैं समझाया था इजी नोट्स वगैरह लिखाए जाते हैं अगर कोई भी आदमी एक बार देख लेगा पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा चलिए थैंक यू सो मच चलिए आइए हमारे साथ एक स्टूडेंट और है अपना नाम और कहाँ से आप समझाते उड़ीसा से है तो आपको ये बताइए आप सॉफ्टवेयर फ्रेशर थे आप सॉफ्टवेयर करते थे पहले फ्रेशर थे आप तो अभी आप फ्रेशर हो नहीं है नहीं। आप प्रैक्टिकल करते हो सारा चीज आपसे प्रैक्टिकल है यहाँ पे सर तो जो फ्रेशर स्टूडेंट आपको देख रहा है उनको क्यों टेलीकॉम ज्वाइन करे दोस्त सब सर टीचर ऐसी आपका जब ज्ञान मिलता है बहुत अच्छा है यहाँ के जो हमारे हेड है एम डी सर उनका मैनेजमेंट कैसा है और बाकी की टीचर कैसे आपको ऐसा तो नहीं है आप कोई भी सेक्शन है आप किसी दूसरे टीचर जो पूछ रहे हो वो मना कर देते हैं चलिए थैंक यू सो मच चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं अपना नाम और कहां से हैं? हाँ? सर मैं जाना महाराष्ट्र महाराष्ट्र से हैं आप इतनी दूर से आप चाहिए बताइए कि आपने ऐसे टेलीकॉम क्यों ज्वाइन किया क्या सोच के ज्वाइन किया था सर मैंने वीडियो देखा था जो वो के है।, से है वो काफी समय से देख रहे जी जी आपने बोला की स्टूडेंट के रिव्यू हम देख रहे थे आज आप खुद रिव्यू दे रहे हो तो क्या ये वो रिव्यू फेक था कि आइए वाला रिव्यू फेक है नहीं वो भी फेक नहीं है ये भी फेक नहीं ये भी फेक नहीं है तो हम हार्डवेयर का तो आपका रिव्यू डला है आप चैनल में जाकर के ऐसे टेलीकॉम में देख सकते हैं आप यहाँ पे बताइए सॉफ्टवेयर की क्लास चार दिन की कैसे रही आपको आपको समझ में आई या नहीं बहुत बढ़िया जो पिछले जो सॉफ्टवेयर कर रहे कई सालों से अगर उनसे रहेगा तो बोलते कि तुम्हारे तो बहुत दिन हम काफी ज्यादा आगे, आगे जा पाएंगे मतलब आपके कहने मतलब प्रैक्टिस यूर सक्सेसफुल आप वहाँ पे सक्सेस बन जाएंगे पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ एक स्टूडेंट और एक्सपीरियंस नाम और कहां से आप मोहन कितने सालों से काम कर रहे हैं लगभग आठ साल से काम कर रहे तो वही सवाल आपसे भी पूछा जाएगा की ये आठ साल में आठ साल का एक्सपीरियंस और चार दिन का एक्सपीरियंस सर चार दिन के एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैं आज तक चार साल में एक चार पाँच हैंडसेट सैमसंग का बना चुका हूँ जी जी चार पाँच सालों में चार चार पार पार वही वही दिक्कत आ रही थी कि ये बाइनरी फाइल क्या होती है वो कैसे सिलेक्ट करना है वगैरह वगैरह मुझे कुछ समझ में नहीं आता था तो अभी मैं वो परफेक्ट सीख गया कि ये कहाँ से सिलेक्ट करना है कैसा सिलेक्ट करना है प्रॉपर फाइल कैसे सिलेक्ट करें। अब चार साल के बाद कितने फोन फ्लैश करेंगे आप बहुत सर जितने आएंगे उतने उतने करेंगे आप मतलब वो जो आठ सालों से आप काम कर रहे थे आपने बोला सैमसंग में हम ज्यादातर फंसते थे ज़्यादातर जो सब लोग फंसते फंसते हैं हैं सभी एक फ़ोन को फ्लैश करने के लिए दस फाइल पंद्रह फाइल डाउनलोड करना पड़ता था अभी कितनी फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा अभी फाइल एक फाइल डाउनलोड करेंगे चलिए वो वीडियो भी हम अपलोड करेंगे हमारे ग्रुप में जब इनका वीडियो आएगा तो वीडियो भी आपको दिखाएंगे की इन्होंने वन टाइम में किया है की नहीं किया और जो काम कर रहे हैं उनको आना चाहिए अपडेट होने के लिए या नहीं आना बिल्कुल सर आना चाहिए अगर जो बंदा यहाँ पे डायरेक्ट इमसी है, तो क्या वो डायरेक्ट अच्छा जो फाइल का नॉलेज था मैं आपसे अगर पूछूं तो ये क्या इतनी जो फाइलों का नॉलेज दी गई है आपको पहले नॉलेज था नहीं सर बिल्कुल कौन सी फाइल क्या काम करती है क्या होता है आप काम करते थे खाली मतलब ये मैं सीधी सीधी भाषा में बोल तो ये यूट्यूब से देखकर कॉपी पेस्ट का मसला था आज तक जी वहाँ से जो देखा उतना ही जो जहाँ से बताया जाए उतना ही यहाँ पे हम करते थे जी अगर को, कोई दिक्कत आ जाती तो वहाँ तक वो काम सीमित हो जाता था उसके बाद छोड़ दो काम ऐसे कम नहीं ऐसा अब कोई काम छोड़ेंगे आप बिल्कुल नहीं सर ये आप दिल से बोल रहे हो बोला जाए बहुत सारा पूरा कॉन्फिडेंस के लिए साथ में बोलूंगा कि मैं अभी बहुत आगे बढ़ चुका हूँ <laughs> बहुत आगे बढ़ चुके हैं थैंक यू सो मच अब हमारे साथ एक स्टूडेंट और है चलिए अपना नाम और कहा से आप मैं बिहार से बिहार से हैं आप तो आप बताइए आप इससे पहले काम करते थे या नहीं करते थे nice, नहीं करते थे nice, अभी आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे yeah, आपका इससे टेलीकॉम का जो डिसीजन था वो सही साबित हुआ या नहीं हुआ सही साबित हुआ या दिल से बोल रहे हो और ये जो नोट्स बने इसकी कितनी वैल्यू है ये सर चार दिन का एक ही दिन में हो गया सर एक ही दिन में हो गया, गया बस मेहनत करनी है मैं भी आपको ये बोलूंगा थैंक यू सो मच अब ये लास्ट सभी लोग बैठ जाइए अभी हमारे पास लास्ट स्टूडेंट और है अपना नाम और कहा से है आप? अच्छा महाराष्ट्र के आस पास दूर दूर से सर, सब सर, दूर दूर से तो आप बताइए कितने सालों से काम कर रहे थे पाँच छह साल से आप काम कर रहे हैं तो आपसे भी एक ही सवाल की पाँच साल का एक्सपीरियंस और ये चार दिन का एक्सपीरियंस चार दिन साल दिन में हमने पाया था मतलब आपको पांच साल लगे थे और पे दिन में बार बार तो किस क्लियर काम करती है और जो फाइलों के अंदर जो आप करते तो क्यों सेलेक्ट करते है प्रीलोडर की फाइल क्या काम करती है हमारा बूटिंग की फाइल क्या होती है ये सारा चीज पहले पता था आपको यहाँ की कैसे फाइलों का नॉलेज होता है टूल कौन सा यूज करना है ये सारा आपको मिला। हाँ। फ्रेशर स्टूडेंट आपका एक्सपीरियंस क्या सारा मुझे अच्छा लगा अच्छा लगा समझ में आया चलिए थैंक यू सो मच अब एक साथ लास्ट में एक बार सभी लोग अपने नोट ऊपर दिखा दीजिएगा सभी लोग ये अभी मैं एक लास्ट आपके सामने सबको दिखाएंगे पे। सभी लोग अपने नोट्स थोड़ा दिखा दीजिए तो आवाज जानी चाहिए। से? से महाराष्ट्र है ना? तक थोड़ी सी तो आवाज जानी चाहिए में। में। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे नोट्स कितनी वैल्यूट की बहुत बढ़िया है इंडिया कौन है